जय हिंद ये बाल विकास का पहला मॉक टेस्ट है चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में बालकों को समझाने में शिक्षण विधियों के चयन में या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में इस प्रश्न का सही जवाब है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में प्रश्न नंबर दो ये मॉक टेस्ट सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही लाभदायक है तुम मुझे एक बालक दो उसे मैं डॉक्टर वकील और अध्यापक बना दूंगा ये कथन किसका है क्या थारन का है ब्रूनर का है वाटसन का है या बुडवर्थ का है इस प्रश्न का सही जवाब है वाटसन प्रश्न नंबर तीन किसके अनुसार शिक्षा शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है क्या फ्रोबेल के अनुसार है इस प्रश्न का सही जवाब है प्लेटो प्रश्न नंबर चार एक अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विषय वस्तु पर अधिकार बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न नंबर पाँच बीसवीं शताब्दी में बालकों की शताब्दी किसने कहा है क्या वेलेंटाइन ने कहा है क्रो एंड क्रो ने कहा है सिगमन फ्राइन ने कहा है या फिर मोरगन ने कहा है इस प्रश्न का सही जवाब है क्रो एंड क्रो प्रश्न नंबर छः यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए या फिर कक्षा में कक्षा से चला जाए या फिर कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे तो इस प्रश्न का सही जवाब है शिक्षण विधि बदल दे प्रश्न नंबर सात व्यवहार का व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है या फिर सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में आता है या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है इस प्रश्न का सही जवाब है सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है प्रश्न नंबर आठ बच्चे उसी वातावरण भी सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले या फिर उन्हें खेलने का मौका मिले या फिर उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या फिर कड़ा अनुशासन हो इस प्रश्न का सही जवाब है उनके अनुभव एवं भावनाओं को जिस स्थान मिले प्रश्न नंबर नौ सामाजिककरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क सीखते हैं परिवार से विद्यालय से श्रेष्ठ से या इन सभी से इस प्रश्न का सही जवाब है इन सभी से प्रश्न नंबर दस मानव जाति में वे कौन से व्ययतिक निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं पर्यावरण का अंतर अनुवांशिकता का अंतर अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतर क्रिया या इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुवांशिकता